अरे चुड़ेल रस अब आ नहीं यार तो कैसे हो व्यूअर्स आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज के वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं दिच क्राइ तो गाइस ये एक हॉरर गेम है एंड इसमें हमें एक चूड़ैल किडनैप कर लेती है एंड एक पिंजरे में रखती है तो हमें क्या करनी है बस उस चूड़ैल का घर से स्केप करना है तो यार कैसे हम लोग स्केप करेंगे वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा तो यार वीडियो लास्ट तक देखना और हाँ चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं एंड अभी हम लोग जल्दी से इधर पर ही नॉर्मल मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिलहाल के लिए तो अभी हम लोग नॉर्मल मोड ही खेलेंगे तो जल्दी से अभी गेम को कर लेते हैं स्टार्ट तो चैप्टर वन एंड जल्दी से हमें इसे स्क्रॉल कर लेते हैं इस बुक को एंड नाउ जल्दी से हम लोग कर लेते हैं अपने गेम को स्टार्ट तो ये रहा हम लोगों ने गेम लोडिंग ले रहा है ओके okay, तो हम लोगो ना चुके हैं गेम के अंदर तो हम लोग को साथ से एक पिंजरे में कैद है एंड इस पिंजरे से हम लोग उनको निकलना है तो चलो हम लोगों ने इसको इस पिंजरे से निकलने का कुछ कुछ तो क्लू मिलेगा यार इधर एक लॉक है डोर पे एक लॉक है एंड हमें कैद निकले इस लॉक को पहले खोल के देखते हैं इसके लिए हमें पैड लॉक की चाहिए बट पैड लॉक की हमें मिलेगा किधर से इधर एक की है भाई ये तो नहीं है क्या करना पड़ेगा मेरा तो हाथ भी नहीं जा रहा वैसे गुलेल है गुलेल से मार के देखते हैं अगर नीचे गिरेगा तो अच्छा है मेरे को तो वही लग रहा है देखते हैं ओ वर्क कर गया वर्क कर गया यार आई -क्यू देखा मेरा तो चलो जल्दी से हम लोगों ने इस पैडलॉक की को खोल लेते हैं एंड अपना डोर को ओपन कर लेते हैं तो गाय देखो हम लोगो का जो है डोर खुल चुका है एंड अभी हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग पहले ऊपर का रूम ये ये क्या है हाईफाई चलो इससे हाईफाई करना पड़ेगा शायद से क्या हुआ क्या हाईफाई नहीं करना तो क्या करना है यार इसे छोड़ो मैं सबसे पहले अपना बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ अरे रेपट मार रहे अबे अभी दोबारा से रेपटॉप मार रहा यार क्या सस्ते नजर चल रहे भाई तेरे ऐसा घुमा के रेपटा मारूंगा ना मैं सोचते रह जाएगा तो जल्दी से नीचे चलते हैं तो ये क्या डोरे नाक जैसा बना है अरे अरे अरे चुड़ेल भाई भागो भागो भागो भागो भागो अरे भागो अभी कितना डराव नहीं दिखती है यार ये चुड़ेल यार एकदम से आ गया था यार मैं डर गया था मतलब एकदम से आ जाने से यार डर लग जाता है मेरे को एंड वैसे मैंने चुड़ैल को देख लिया है वैसे एक गेम का नाम है विच कराए वैसे ये चुड़ैल भी मतलब रोती रहती है रोती रहती है पता नहीं किस लिए रोती है वैसे हमें ने इधर एक क्रो पे मिल गया है बट ये गेट भी ओपन नहीं हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाके देखते हैं भाई वो वाला सीन बड़ी भाई मतलब सच में यार एकदम से मतलब ऐसा साउंड इफेक्ट आया एंड मैं डर को एक जगह में रख दिया हूँ एंड ये साइस से चूड़ैल का बाथरूम है एंड ये शॉक्स को देखो यार कितना बदबूदार है यार मतलब देखो इधर से पूरा ग्रीन ग्रीन धुआं निकल रहे है मतलब सोचो क्या ही बदबूदार होगा तो साइस से मुझे इस शॉक्स को इस नाक लगाना पड़ेगा शायद से देखते हैं खुल जाने से अच्छा होगा यार वैसे चुड़ैल ना आ जाए मेरे को लग रहा है यार खुल गया यार मैंने तो ऐसा मजाक मजाक में लगाया था एंड इधर पर ही मैंने रखा था खुल जाने से अच्छा होगा यार खुल गया एक बार यार खुल गया यार इधर पर ही खुफिया रूम है भाई एंड इधर खुफिया रूम में बस एक पेंटिंग है इस पेंटिंग से क्या करना पड़ेगा ओ समझ गया अरे समझ गया यार मैंने इस, इस गेम का एक बार गेम प्ले देखा था समझ गया तो मैंने एक नीचे से एक चम्मच लेके आया हूं एंड इस चम्मच को हमें क्या करना है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा तो देखो मैं जल्दी से जाता हूं एंड उस ड्राइंग का हमें जरूरत है मैंने बोला था, क्या क्या काम करेगा ये ड्रॉइंग बट ये ड्रॉइंग ही तो मैंने देखो आपको ये वाला घड़ी जो दिख रहा है ना इसमें देखो एक छोटा काटा एक मतलब एक के पास है एंड बड़ा वाला कांटा आठ के पास है बट उस वाला घड़ी में इधर पर एक घड़ी है रुको जल्दी से मैं जाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा तो जल्दी से चलते हैं उस घड़ी के पास तो ओके ये रहा वो क्लॉक इधर देखो बड़ा कांटा नहीं है तो वो बारा काटा के जगह ये जो हम लोग का चम्मच है वो काम में आएगा तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि ये जो छोटा कांटा है इस छोटा काटा को हमें लेके जाना पड़ेगा एक के पास एंड ये वाला चम्मच को हमें आठ के पास तो चलो देखते क्या होता अभी अभी डर गया यार छी यार इतना अचानक से वो कबुआ आ गया भाई यार सबको ही मिलकर हमें अरे चुड़ेल आ रहा सही अब हाँ बस आ नहीं यार, यार मेरा स्क्रीन एकदम से घूम गया यार तो मैं वापस से आ चुका हूं एंड इधर मुझे फेदर मिल चुका है एंड अभी हम लोगों कुछ भी गलती नहीं करेंगे एंड प्रोपरली तरीके से खेलेंगे कोई भी यार आ चुड़ेल यार इसका मतलब अलग ही न चलते है कहीं भी आ जाते हैं यार मतलब इसमें मुझे मतलब घर से निकलना देना ही नहीं है बाद में ये काकर का पता है मुझसे मेरा वाली चढ़ाई यार क्या तो जब तक ये चुड़ैल आ रहा है तब तक हम लोग इधर से स्कीप कर सकते हैं शायद से किधर है चुड़ैल चुड़ैल तो इधर नहीं दिख रहा है वैसे इधर गेट खुला है वैसे मैंने इस गेट को खोला था तो इधर चुड़ैल ना हो तो अच्छा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे इसे मतलब गुदगुदी देना है तो जल्दी से देते हैं तभी ये छटपट आएगा एंड इसका मुंह में एक हाथ है आपने नोटिस किया होगा तो तो वो हाथ गिराना है बस तो चलो शायद से गिर गया होगा कहाँ इसका हाथ ये रहा वो हाथ ये रहा ये भी चुड़ैल का ही हाथ है तो मतलब वो जो रक्षस है ना जिसे ये फंसा कर रखा है चुड़ैल ने चुड़ैल आ रहा है शायद से ये रहा भाई मतलब मुझे साउंड नहीं आया था बट पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया होगा तो चूड़ेल ऊपर में ही जा रहा है बट हमें भी इस हाथ को लेकर ऊपर में ही जाना है तो हम लोग कहाँ से जाएंगे चूड़ेल तो इधर से जा रहा है तो हम लोग इधर से जाएंगे तो कैसे मैं इस हाथ को लेकर ऊपर आ चुका हूँ एंड इस हाथ से मुझे हाईफाई करना था बट मुझे पता नहीं था एंड मेरा बेफाल तो मैं मुझे रेपटॉप पड़ गया तो शायद से वो बॉक्स खोल दिया होगा हाँ ये तो ये डिस्क मिल गया है तो मैंने जितना मतलब गेम प्ले में देखा है दूसरों का तो वो लोग क्या करते हैं इस डिस्क को जाना पड़ेगा चुड़ैल का मतलब रूम के अंदर एंड चुड़ैल का रूम के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा इस डिस्क को बचा देना है एंड सॉन्ग बजेगा तो चुड़ैल भाई रोने पड़ जाएगा तो मैं चुड़ैल का रूम में पहुंच चुका हूँ एंड इधर पर ही हमें मतलब गाना को बजा देना है तो देखो सैड सॉन्ग बजना चालू हो चुका है एंड इधर से चुड़ैल आएगा तो क्या इधर चुड़ैल आ चुका है एंड ये रो रो रहा है यार ये चुड़ैल तो इसका मौका का फायदा लेके हम लोगों ने जल्दी से इस जादू छड़ी को ले लेते हैं एंड इस जादू छड़ी का क्या काम है ये तो मुझे पता है बट उसके लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा तो ये वाला जो बॉल देख रहे हो ना इस बॉल को और यून कहते हैं तो इस बॉल को हमें क्या करना पड़ेगा ये जो हॉल के अंदर है हमें डालना पड़ेगा तो जल्दी से इसे फेंकते हैं इधर पर ही इसका अंदर चला जाए तो अच्छा है मतलब ये एक टेलीपोर्ट बॉल है जिससे कि हम लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं तो अभी कैसा टेलीपोर्ट होंगे तो ऐसा वाला और एक बॉल चाहिए तो ये वाला ऐसा वाला बॉल मुझे इधर दिखा था तो ये रहा वो बॉल तो इसे क्या करना है हमें ऐसा सेक करना है तो ऐसा सेक करेंगे तो हम लोग वो दूसरे वाले बॉल के पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे तो ये और फाइनली हम लोगों ने हो चुके हैं एंड इधर एक मुझे इधर एक क्या ये पेपर मतलब मैजिक बुक पेज और ये मैजिक पेज से ना हम लोग मैजिक कर पाएंगे तो ये हमें सिखाएगा तो कैसा यूज करना है तो हमें ऐसा एस टाइप का बनाना है तो हम लोग मैजिक कर पाएंगे तो इस ये देखो इधर पर जो हड्डी दिख रहा है ना इसी की वजह से ये जो गेट ओपन नहीं हो रहा था तो जल्दी से इसे हटा देते हैं यार यही गिर गया फिर से तो इसे हम लोग दूर में हटा देते तो इधर फेंक देते हैं इसे तो अभी गेट ओपन हो गया देख सकते हो गेट सिंपल सा ओपन हो चुका है तो हम लोगों ने बस आप अभी स्केप कर लेंगे बहुत ही इजी, तो ये है मेन गेट इधर सांप है तो इसे क्या करना पड़ेगा म्यूजिक करना पड़ेगा जैसे तो एस टाइप पे कर दिया तो ये रस्सी में बदल गया और हम लोगों ने इधर से स्केप कर लिया तो गाइस ये ना गेम खेल के ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आया अगर आप चाहते हो ऐसी हॉर टाइप और मैं गेम खेलू तो यार हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गाइस आज का वीडियो बस इतने आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पे तो गुड बाय एंड टेक कियर